स्वागत है आपका जेड ब्लॉग्स में आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ और सुनने जा रहा हूँ भाई आप वो जो देख के आप भी पगला जाओगे कि आज भी दुनिया में ऐसी लड़कियाँ होती है तो ये गाँव का है मेरा दोस्त है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लड़की की शादी तय हो गई थी लड़की मतलब लड़के ने बोला चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं वो लड़की ने अपना दिमाग इस्तेमाल करवाया उस लड़के को पिटवाना ही चाहती थी इसलिए उसने ऐसा बोला कि आप मुझे मेरी शादी हो रही जो हमारा और होगा आप स्टेज पर आके मुझे सब सामने सिंदूर डाल देना लड़का लड़की के बाद पे आ गया वो चला गया लड़के की शादी के दिन उसके स्टेज पे उसने डाला सिंदूर डाल लगाया मतलब तो उसके मांग में सुंदर भर दिया उसके बाद तो लड़की वाले और लड़के वाले ने पक्ष ने दोनों तो मिल के उस लड़के को मारा उसका मुंह का अच्छी तरह से सुझा दिया ना उसका मुंह देखने लायक है ना ढंग से वो खा पी पा कुछ नहीं कर पा रहा वो भाई अगर लड़की तो अब इतना भी मत कर गया तुम लड़के उसे जब पिटवाना ही था अब जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो छोड़ देते उसे वो इस तरह से किसी को पिटवाना धोखा दो दो तो चलो तुमने दे ही दिया किस तरह से पीटवाया इस लड़के को पीटा देख सकते हो अब इस वीडियो में पूरा वीडियो में क्लिप डाल डालते तो अब ये देख लो तो भाई लड़की तो, नहीं तो तो तो बात उस उसका घर वाला जबरदस्ती उसका शादी कर रहा था मोदी जी जयमाला पे डाल देना या मंडप बना के सिंदूर डाल देना पर तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग तुमको पीटा खाली लड़की देने वाला पिता खाली लड़की देने, देने वाला पिता ना क्या नाम है तुम्हारा तो मुकेश कहाँ घर है को लड़की का क्या नाम है ललिता कितने साल से अफेयर चल रहा तेरह से चौदह तेरह से चौदह महीना किस क्लास में पढ़ते हो तो नाइन में पढ़ाई छोड़ दिया कितना देर साल में पहले पढ़ाई छोड़ा दो साल पहले लड़की शादी करती थी प्यार कैसे हुआ था